नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम इस नियम के बारे में बात करने वाले रील या YouTube पर करते ब्रांड प्रमोशन इसके बारे में बात करेंगे 50 लाख तक के जुर्माना जो लग सकता है उसके बारे में बात करेंगे ये नियम अमेरिका में पहले से ही मौजूद है बताना होगा ब्रांड डील के बारे में ब्लॉक हो सकता है अकाउंट या पोस्ट हम विस्तार से इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जी हाँ इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब का कोई ब्लॉग अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते या कोई ब्रांड प्रमोशन डील आपने की है तो ये खबर आपके पचास लाख रुपये तक बचा सकती है जी हाँ दोस्तों 50 लाख रुपए तक आपको ये खबर बचा सकती है तो ध्यान से देखते रहिए हमारी इस वीडियो को अब से जिम्मेदारी के साथ करनी होगी सोशल मीडिया पोस्ट आजकल इंस्टाग्राम रील से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने या फिर यूट्यूब वीडियो से पैसा कमाना है अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं साथ में अपने वीडियो किसी ब्रांड का प्रमोशन भी किया है तो ये नियम जरूर जान ले आप पर पचास लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है अमेरिका में ये व्यवस्था पहले से मौजूद है भारत सरकार अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन एफ की तर्ज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश जारी किया है यानी अगर कोई व्यक्ति अपने Instagram रील Facebook या YouTube वीडियो में किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है उसे लेकर कोई भ्रामक जानकारी देता है तो ब्रांड की कीमत के की आधार पर उपभोक्ता करोड़ों के तहत उन पर जुर्माना लगाया जाएगा जी हाँ दोस्तों फ्रेंड्स, इतना ही नहीं। इन दिशा निर्देशों के लागू होने पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने वीडियो या किसी भी पोस्ट में ब्रांड प्रमोशन करता है तो उसे अनिवार्य तौर पर इसकी घोषणा करनी होगी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसकी पूरी तैयारी कर लिए इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ब्रांड के साथ अपने संबंध के बारे में स्पष्ट जानकारी अब देनी ही होगी यानी जिस भी कंपनी से वो अपनी डील करता है उस डील के बारे में वो उसको पूरी जानकारी अपनी वीडियो में डालनी होगी नहीं तो क्या हो सकता है ब्लॉक हो सकता है आपका अकाउंट या पोस्ट सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को प्लान नहीं करेगा सरकार उनकी पोस्ट ब्लॉक कराएगी बार बार उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है इससे पहले देश में सेलिब्रिटीज के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए थे आपने देखा होगा दोस्तों उसमें भी पचास लाख तक रुपये तक जुर्माने का नियम हुआ था अगर ऐसा हो गया हमारे साथ में तो हमारे YouTube चैनल का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप खत्म गया अब दोस्तों आते हैं इसके निष्कर्ष में केंद्रीय मंत्रालय का मानना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों पर अक्सर उपोक्ता भरोसा कर लेते हैं इसमें कई बार बहुत सी भ्रामक जानकारियां भी होती है देश में फिलहाल इसे लेकर के खिलाफ कोई नियम कानून नहीं है गलत जानकारी से उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं दिशा निर्देश जारी होने के बाद ऐसा करने वालों के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत कर सकेंगे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा धन्यवाद